एवरी वन मैं महेंद पांडे आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल के सी आई टैली स्पेशलिस्ट में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं गाइज़ आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूं यदि आप इंटरनेट के माध्यम से कोई भी कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो कम्युनिकेशन करने का जो सबसे बड़ा माध्यम है ई तो आज की क्लास में हम जानेंगे हम ई मेल कैसे बनाते हैं ई को लॉग कैसे करते हैं उसमें अपनी आईडी के माध्यम से हम मेल को कैसे भेजते हैं मेल कैसे रिसीव करते हैं आई हुई मेल को कैसे चेक करते हैं मेल का कंप्लीट नॉलेज हम आज लेंगे इस वीडियो में सो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आप लोगों को बताएंगे तो वीडियो को बहुत ही केयरफुली आप देखेंगे और चलते हैं गूगल क्रोम ओपन करते हैं उससे पहले मैं एक बार आपसे कहूँगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना न भूलें ये वीडियो Triple C O लेवल या आप किसी भी प्रकार से कंप्यूटर कोर्सेज कर रहे हैं या किसी ऑफिस में आप हैं कोई जॉब कर रहे हैं या कंप आप इंटरनेट से रिलेटेड कोई भी वर्क कर रहे हैं तो मेल का नॉलेज होना आपको बहुत ज़रूरी है सो so, ये वीडियो खासा इंपॉर्टेंट हर उस व्यक्ति के लिए जो किसी तरीके से ऑनलाइन वर्क करता है तो चलिए देखते हैं ई मेल हम कैसे क्रिएट करते हैं तो चलिए चलते हैं गूगल क्रोम ब्राउज़र पर और जी पर हम एक मेल आई क्रिएट करके देखते हैं तो उसका स्टेप बाय स्टेप हम कंप्लीट नॉलेज इस वीडियो में लेते हैं अब देख पा रहे हैं हम गूगल क्रोम पर आ चुके हैं अब हम यहाँ जीमेल की हम डायरेक्ट जीमेल पर भी यहाँ से क्लिक करके हमारी मेल आईडी है वहाँ से हम जा सकते हैं लेकिन आप किसी भी ब्राउजर में पहला स्टेप आप क्या करेंगे उसको हम देखते हैं यहाँ हम टाइप करेंगे डब्ल्यू आप देख पा रहे हैं जी आ गया हम यहाँ पर एंटर करेंगे और आपके सामने जी की वेबसाइट ओपन हो करके आ जाएगी जी बोलते हैं गूगल मेल को क्योंकि इसमें पहले से हमारा मेल आईडी डी है सो डायरेक्ट हमारा मेल ओपन हो जा रहा है हम क्या करते हैं जब हम किसी मेल में लॉगिन करके रखते हैं सिर्फ वहां से हमें बाहर आना है तो हम साइन आउट करते हैं यहाँ आप देख पा रहे हैं यहां हम जाएंगे और यहाँ से हम साइन आउट करके बाहर आ जाएंगे तो आप देख पा रहे हैं यदि आपको किसी बने हुए मेल को साइन इन करना है तो आप यहाँ मेल आई देंगे फिर अगले स्टेप पर उसका पासवर्ड आप प्रोवाइड करेंगे और आप साइन इन कर जाएंगे। बट हमें क्या करना है हमें एक नया मेल क्रिएट करना है यदि आप नई ईमेल आईडी बनाना चाहते हैं तो आप क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे क्रिएट अकाउंट से आप एक नई मेल आईडी अपनी इंडिविजुअल एक मेल आईडी आप क्रिएट करते हैं साइन इन करके बनी हुई जो आपकी मेल आई होती है उसको आप लॉग करते हैं साइन आउट से हम उसके बाहर आते हैं और साइन अप ऑप्शन होता है यदि हम किसी भी सोशल नेटवर्क साइट पर जैसे फेसबुक है ट्विटर है वहाँ हम साइन अप कर जाते हैं उसका हम एक तरीके से उसके यूज़र आप बन जाते हैं तो यहाँ क्रिएट पर हम क्लिक करते हैं और अभी आप देख पाएंगे पूछ रहा है कि फॉर माई सेल्फ फॉर माई चाइल्ड टू मैनेज माई बिजनेस अब आपका जो ईमेल आप बनाने जा रहे हैं वो किस संबंधित है वहाँ आपसे मांग रहा है तो यहाँ पर माई सेल्फ मैं कर दे रहा हूँ और हमारे सामने जो ईमेल का जो पहला पेज आपके सामने आ गया जो फॉर्म हमें फिलअप करना है आप देख पा रहे हैं क्रिएट योर गूगल अकाउंट टू कंटिन्यू टू जीमेल यहां पर हम जीमेल को अपनी इन्फॉर्मेशन देंगे क्योंकि ईमेल एड्रेस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्टैक्ट डिटेल है आपका जिसके द्वारा आप किसी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं तो चलिए चलते हैं हम फॉर्म को फिलअप करेंगे फर्स्ट नेम में हम जाएँगे हमने दे दिया पांडे अब हम आ जाते हैं यहाँ पर जिस नेम से हमें मेल आईडी बनानी है यूज़र नेम हम लेते हैं किसी भी मेल आईडी में दो पार्ट होता है एक यूजर नेम और एक डोमिन नेम तो डोमिन नेम आप देख पा रहे हैं हम जीमेल के अंतर्गत मेल आईडी क्रिएट करने जा रहे हैं मीन्स जो मेरा मेल होस्ट है वो जी है गूगल मेल अकाउंट तो हम यहाँ पर चलते हैं अपना मेल आई बना लेते हैं हमने यहाँ लिख दिया के 2022 में मैं बना रहा हूं तो मैं 2022 हज़ार लिख दे रहा हूं। हम एक यूनिक नेम यहां पर देंगे जिससे हमारा मेल बनने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप कुछ ऐसा यूज़र नेम रखेंगे जो आपको हमेशा याद रखे यहां आप चलते हैं पासवर्ड दे देते हैं कम से कम एट कैरेक्टर होने चाहिए जिसमें मिक्स लेटर्स आप यूज़ करेंगे मीन्स आप कैपिटल लेटर भी यूज़ करेंगे कैरेक्टर यूज़ करेंगे आप सिम्बल्स यूज करेंगे और डिजिट्स यूज करेंगे तो हम यहाँ पर करते हैं यहाँ पर पासवर्ड हमने दे दिया और अब हम यहाँ से नेक्स्ट करते हैं यहाँ अगर आप क्लिक कर देते हैं तो पासवर्ड शो कर जाएगा ऐसे पासवर्ड शो करेगा फिर आप यहाँ से इसको हटा सकते हैं नेक्स्ट कर देंगे अगले स्टेप पर आप पहुँच जाएंगे एक नंबर हम यहाँ प्रोवाइड करते हैं जिस नंबर के माध्यम से आपको वेरीफिकेशन आएगा और यदि कभी भी आपको पासवर्ड को फॉरगेड करना है तो यहाँ आपको उसके माध्यम से सूचना मिलती है यहाँ पर हम अपना रिकवरी मेल डाल देते हैं जिस तरह से हम रिकवरी मेल दे देते हैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ वगैरह चुन लेते हैं और यहाँ हम डेट ऑफ बर्थ प्रोवाइड कर देते हैं जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ हो वह आप यहाँ दे सकते हैं यहाँ पर हम जेंडर चुनते हैं जेंडर में हमने मेल कर दिया अगर आप फीमेल है तो फीमेल डालेंगे मेल है मेल डालेंगे जो भी जेंडर है आप उसको यहाँ चुनेंगे नेक्स्ट करते हैं अगले स्टेप पर हम पहुंच जाएंगे आप देख पा रहे हैं यहाँ लिखा है वेरीफाई और फोन नंबर यहाँ से अपने फ़ोन नंबर को आप वेरीफाई करेंगे मीन्स यहाँ अगर आप क्लिक कर देते हैं तो एक वेरिफिकेशन कोड आपके उस नंबर पर जाएगा जिस नंबर को आपने यहाँ पर चुना हुआ है मेरे पास आ चुका है ये वेरिफिकेशन कोड आ गया मैं इसको क्लिक करूँगा यहाँ पर तो वेरीफाई आप इसमें वही नंबर चुनेंगे जो प्रेजेंट टाइम में आपके पास होगा चूँकि इसमें वेरीफिकेशन कोड आएगा और उस वेरीफिकेशन कोड को डालने के बाद ही आपका अकाउंट वेरीफाई होगा हमारे इस मेल पर वीडियो कॉल्स वगैरह मैसेजेस हम लेना चाहते हैं तो हम यस yes, I एम इन इसमें कर सकते हैं अब हम चलते हैं जो टर्म and conditions आ गई हैं यहाँ आप देख पा रहे हैं privacy के जो टर्म conditions हैं उसको हम पढ़ेंगे और यहाँ पर हम agree करेंगे आपको agree करना भी पड़ेगा चाहे आप पढ़ के करें चाहे बिना पढ़े हुए करें I agree कर देंगे और आप देख पाएंगे कि mail आपका create होकर के आ जाएगा आपको एक कंग्रेचुलेशन मैसेज आएगा तो आप देख पा रहे हैं हमारा जो के सी आई टैली स्पेशलिस्ट दो करके हमने एक मेल क्रिएट किया हुआ है हम लॉग करके उसमें आ चुके हैं आपने देखा कि स्टेप बाई स्टेप हमने सारे स्टेप सारे जो फॉर्म ओपन होकर के आए जी की तरफ से उसको मैंने फ़िलअप करा एग्री किया और जो हमने अभी मेल आई डी क्रिएट किया वो मेल आई डी ओपन होकर के आ गया तो हम थोड़ा सा इस विंडो के बारे में जान लेंगे आप देख पा रहे हैं कंग्रेचुलेशन्स मैसेज आ जाता है जैसे ही आपका मेल क्रिएट होता है गूगल की तरफ से आपको एक कंग्रेचुलेशन मैसेज आ जाता है जिसमें ये बताया जाता है कि जो मेल आई आप क्रिएट करना चाहते हैं वो कम्प्लीटली सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है सो so, यहाँ से आप देख पा रहे हैं हम बैक आ जाते हैं और ये आप देख पा रहे हैं इनबॉक्स यहाँ पर लिख करके टाइटल पर आ रहा है और यहाँ पर मेल आई डी जो नेम से हमने मेल आई डी क्रिएट की हुई है वो लिख करके आ रहा है आप देखें यही वायरल है आपका यहाँ पर यूज़र नेम जैसे महेंद्र पांडे जो मेरा फर्स्ट नेम है मैंने डाला हुआ है इसमें यहाँ पर आ रहा है अगर हम यहाँ से अपना इमेज वगैरह चेंज करना चाहें तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं यदि हम कोई भी इमेज इसमें देना चाहते हैं तो यहाँ पर जाएं और यहाँ से कोई भी प्रोफाइल पिक्चर हम देना चाहते हैं इमेज तो हम चाहें तो अपने सिस्टम से चुन सकते हैं या फिर हम जो इसमें कुछ इलस्ट्रेशन ऑप्शन होते हैं कुछ पिक्चर्स यहाँ अप्लाई होते हैं पहले से वो हम दे सकते हैं तो इस तरह से हम पिक्चर दे सकते हैं हम चाहें तो यहां से टेक पिक्चर कर सकते हैं इस तरह से, से प्रोफाइल पिक्चर हम कर देंगे तो अभी मैंने जस्ट अपने कैमरे का इस्तेमाल करके फ़ोटो क्लिक किया और वही पिक्चर हमने यहाँ पर यूज़ कर ली है थोड़ा नेट स्लो चल रहा है सो इस भी अभी यहाँ पर पिक्चर नहीं आई है जो अभी मैंने प्रोफाइल पिक्चर चुना है पिक्चर यहाँ अपडेट हो जाएगा अब हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं ये जीमेल मेल लिख करके आ रहा है जिस होस्ट के अंतर्गत अपना मेल हमने क्रिएट किया है और अभी हम इनबॉक्स की विंडो पर हैं आप देख पा रहे हैं कई सारे ऑप्शन्स हैं यहाँ पर मोर करके चले जाएँगे तो ऑप्शन आपके ये बढ़ जाएंगे यहाँ से हम इसका यूज़ कर सकते हैं आप एक एक ऑप्शन को देखें यहाँ अगर कोई इम्पॉर्टेंट मेल है जो आपको अलग रखना है तो आप स्टार्ट मेल करके जितने पर आप स्टार्ट के होंगे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपके मेल पर स्टार्ट लगा हुआ है तो यहाँ पर जब हम स्टार्ट कर देते हैं तो स्टार्ट मेल में वो आपका ऐड हो जाता है स्टार्ट मेल में आ जाता है अन्यथा ये बॉक्स आपका खाली रहता है जितने मेल आपके इस्टार्ट में होंगे वो स्टार्ट में आ जाएंगे स्नोष्ड करना चाहते हैं जब भी आपको रिमाइंड करना है तो आपको स्नोस्ट कर दीजिए जो अलार्म के तरीके से आपको वीप के माध्यम या मैसेज के माध्यम से आपको वो प्रोवाइड करेगा अब देख पा रहे हैं सोस्ट में जाएंगे तो यहां पर जो भी मेल हम ऐड कर लेते हैं वो आपको एक एज ए रिमाइंडर फॉर्मेट में आपको रिमाइंड करा देगा तो इससे हम बाहर आते हैं ये आपका फिर हम इनबॉक्स में आ जाते हैं ये है आपका सेंट जब हम कोई भी मेल भेजते हैं और वो अगर मेल आपकी भेजी जा चुकी होती है तो सेंट बॉक्स में वो आकर के सेव्ड हो जाता है यहाँ आप उसको देख पाएंगे अगला ऑप्शन है ड्राफ्ट ड्राफ़्ट एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है यदि हम अपने मेल पर अपना डॉक्यूमेंट वगैरह स्टोर करना चाहते हैं हालांकि डॉक्यूमेंट या कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट आपको कुछ भी सेव करना है ऑनलाइन क्लाउड पे सेव करना है तो उसके लिए आप डिजी लॉकर का इस्तेमाल करते हैं एक वीडियो हम आपके लिए बनाएंगे डिजी लॉकर हम कैसे बनाते हैं उसमें हम कैसे स्टोर करते हैं वो सारा कुछ मैं बताऊँगा उसमें ये जो ड्राफ्ट फोल्डर है आपका ई में इसमें हम हाँ अपना डॉक्यूमेंट स्टोर कर सकते हैं जैसे लोग बोलते हैं कि मेरा ये डॉक्यूमेंट या मेरा एजुकेशनल जो भी मेरे सर्टिफिकेट्स हैं वो मेरे मेल पर अपलोडेड हैं तो ड्राफ्ट में हम उसको सेव करके रख सकते हैं नेक्स्ट आप देख लें यहाँ से हम और यहाँ से एलिवेटर को मूव करेंगे आप यहाँ कुछ भी इम्पॉर्टेंट मैसेज हैं तो आप इम्पॉर्टेंट्स फोल्डर में रख लेंगे आप ये चैट्स अगर किसी से आपको बातचीत करना है कोई भी ऑनलाइन है तो आप यहाँ चैट्स में जाएँगे तो चैट्स आपका ओपन आ गया जिससे आप चैटिंग करते हैं तो अभी तक कोई भी चैट नहीं है कोई मैसेज नहीं है किसी से आपने कोई चैटिंग नहीं किया हुआ है तो यहाँ पर नहीं सो कर रहा है जब आप चैट्स करेंगे किसी से बातचीत करेंगे तो यहाँ पर वो आपका शो करने लगेगा इस डायलॉग में शेड्यूल्ड अगर कोई मीटिंग है आपका या कहीं आपको जाना है उसको आप शेड्यूल्ड करके यहाँ व्यवस्थित करके रखना चाह रहे हैं कोई मैसेज आप डाल दीजिए तो वो यहाँ से आपको किसी आपको रिमाइंड हो जाएगा रिमाइंड करा देगा हाल मेल्स अगर कर देते हैं तो सारे मेल्स आपको इस विंडो में प्रेषित होने लगेंगे दिखने लगेंगे अगला है आपका स्पैम स्पैम बोलते हैं जो जंक मेल्स होती हैं जो असंवैधानिक मेल्स होती हैं या हार्मफुल मेल्स होती हैं एडवर्टीजमेंट्स की मेल होती हैं जहां से थोड़ा सा भी कुछ रेस्ट्रिक्शन पर प्रॉब्लम आती है वो सब आपकी स्पैम में आ जाती है जिसे हम जंक मेल बॉक्स भी कहते हैं तो इस तरह से आप मेल को चेक कर सकते ट्रैस ऑप्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है गलती से कोई मेल वगैरह डिलीट हो गई है कोई डॉक्यूमेंट डिलीट है तो आप ट्रैस में जा कर के उसको ट्रेस कर सकते हैं एज ए रिसाइकिल बिन जैसे होता है या घर में डस्टबिन आप रखते हैं उसी तरीके से आपके मेल मेल विंडो का ये ट्रैस एक डस्ट डस्टबिन की तरह काम करता है ये आपका जो भी डिलीटेड मैटर होगा वो आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं जब यहाँ से आप डिलीट कर देंगे तो फिर आप उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे यहाँ से कैटेगराइज करते हैं हम एक कैटेगरीज का ऑप्शन है जिसमें सोशल अलग हम कर सकते हैं अपडेट्स कोई भी है कोई फॉरम है प्रमोशंस वगैरह देना है तो यहाँ पर हम इस तरह से अपने इस मेल के सारे ऑप्शंस को अलग अलग तरीके से यूज़ कर पाते हैं यहीं से हम मीटिंग ज्वाइन कर सकते हैं जीमेल आपको एक सुविधा प्रदान करता है यदि आप मीटिंग यूज़ करना चाहते हैं जैसे आप जूम ऐप का इस्तेमाल करते हैं अदर कोई भी ऐप यूज़ करके आप मीटिंग करते हैं तो यहाँ से हम नई मीटिंग ज्वाइन मीटिंग कर सकते हैं जितने भी आपके जी के जो फैसेलिटी आपका एमएस आउटलुक प्रोवाइड करता है वही फैसेलिटी आपको इंडिविजुअल मेल पर भी आपको जीमेल के माध्यम से मिलता है कि यदि आप मीटिंग अटेंड करना चाहते हैं एक साथ जैसे आप कॉन्फ्रेंसिंग वर्क करते हैं तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप यहां से कर सकते हैं सो so ये हो गया आपका जो ऑप्शंस हैं आपके ईमेल मेल की विंडो में जो इम्पॉर्टेंट ऑप्शंस हैं उसको मैंने बताया अब हम चलते हैं मेल कैसे हम भेजते हैं उसको हम देख लेते हैं क्योंकि मेल हम अपना जो मेल आईडी है जिस होस्ट पर हमने मेल आईडी को क्रिएट किया हुआ है हम ओपन वहीं करते हैं बट अपनी मेल आईडी से हम किसी भी होस्ट की मेल आईडी पर मेल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं अगर हमें ईमेल किसी के पास भेजना है तो हम कंपोज पर जाते हैं और क्लिक करते हैं आपके सामने न्यू मैसेज की एक विंडो आ जाती है जिसमें हमें मैसेज टाइप करना है जो भी हम लिख कर के भेजना चाहते हैं आप देखें यहाँ पर लिखा हुआ है टू टू में वह मेल एड्रेस हम डालते हैं जिसके पास आपको ईमेल करना होता है यहाँ पर सीसी और बीसीसी दो ऑप्शन दिख रहे हैं सीसी मतलब होता है कार्बन कॉपी बीसीसी मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी यदि सेम मेल को हम और लोगों के पास भेजना चाहते हैं तो कार्बन कॉपी में उसका कार्बन कॉपी भेज सकते हैं बी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी इसे फर्स्ट यूजर जो होता है उसको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती और हम अगले के पास उस मेल को भेज सकते हैं यहाँ पर हम सब्जेक्ट डालते हैं जो विषय होती है हमारे मेल की उसको हम यहाँ पर डालते हैं इसके बाद यहाँ पर से हम सेंड करते हैं और इससे यहाँ पर हमारे कई सारे ऑप्शन हैं जिसके माध्यम से हम अपने जो कंपोज एरिया होता है हमारा मेल का उसको हम अपडेट कर सकते हैं हम अटैच कर सकते हैं डेटा को यहाँ पर तो हम एक मेल करके आपको दिखाते हैं हम लिखते हैं इस तरह से हमने एक एड्रेस डाल दिया यहाँ पर अगर हम सी सी करते हैं तो हमारे पास एक एड्रेस बारह और आ जाता है और अगर हम बी सी सी करते हैं तो एक और आ जाता है वैसे अगर हमें एक से ज़्यादा लोगों के पास मेल करना चाहते हैं तो यहीं पर हम कॉमा करते हैं और हम एक नई मेल को यहाँ पर ऐड करते हैं मीन्स एक मेल ऐड हो गया जैसे आप टैग डालते हैं यूट्यूब में ऐसे यहाँ पर हम कोई दूसरी मेल आई भी प्रोवाइड कर सकते हैं जैसे हमने एक याहू की मेल आई दे दी तो इस तरह से हम मेल जैसे हम दूसरे और भी करना चाहते हैं तो हम कॉमा करके कर सकते हैं मतलब दो मेल यहाँ मेल आईडी डाल दिया हम और यहाँ भी मेल आईडी डाल सकते हैं देखिए दो इस एड्रेस में दो डाल दिया और भी हम डाल सकते हैं यदि हमें कई लोगों के पास मेल करना है सीसी और बीसीसी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो हम यहीं पर कई सारे एड्रेस को डाल करके मेल को ट्रांसफर कर सकते हैं हम यहाँ पर डाल देते हैं ए, एक आ, हाई मैसेज हम लेते हैं हमने यहाँ पर डाल दिया एक सब्जेक्ट डाल दिया हमने और हम यहाँ लिखते हैं हमने लिख दिया हेलो दिस इज मोहेंद्र पांडे अगर हम इसमें कुछ भी अटैच करना चाहते हैं तो हम यहाँ से अटैच कर सकते हैं अगर हम फॉर्मेट करना चाहते हैं तो जैसे हेलो को हम फॉर्मेट करना चाहते हैं तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हम क्लिक करेंगे फॉर्मेट के लिए फॉर्मेट बार आ गया यहाँ से हम फॉन्ट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ से चाहेंगे तो हम इसका साइज़ वगैरह लार्ज भी कर सकते हैं नॉर्मल कर सकते हैं जिस तरह से हम चाहें करना चाहें वोल्ड कर लें इटैलिक कलर में हम देना चाहते हैं तो टेक्स्ट कलर भी प्रोवाइड कर सकते हैं जो भी कलर आप करना चाहते हैं और अगर आप नीचे में कोई भी कलर देना चाहते हैं अदर इसको भी आपने सेलेक्ट करा और यहाँ आप चले गए और इस तरह से कोई भी कलर आपने प्रोवाइड कर दिया चाहे तो इसको हम बोल्ड कर लें जो मेल कंपोज करने की विंडो इसमें हम फॉन्ट स्टाइल फॉन्ट कलर अलाइनमेंट वगैरह सब हम चेंज कर सकते हैं बुलेट्स लगा सकते हैं यहाँ से स्माइलिस वगैरह भी प्रोवाइड किया जा सकता इसको ड्राइव में सेव कर सकते हैं पिक्चर्स वगैरह ला सकते हैं कुछ भी अगर हमें इंसर्ट डिजिटल सिग्नेचर वगैरह इंसर्ट करना है तो हम कर सकते हैं फिर यहाँ से हम यदि आपका कोई भी डॉक्यूमेंट आप किसी के पास अपना रिज्यूमे वगैरह भेज रहे हैं या कोई पिक्चर भेजना है या कोई भी डेटा आपको भेजना है तो यहाँ से फाइल को अटैच कर सकते हैं यहाँ हम क्लिक करेंगे जो आपका यहाँ क्लिक करेंगे तो आपका एक डायलॉग ओपन होकर के आएगा जिसके माध्यम से आप अपने सिस्टम में सेव कोई भी फाइल हो या कुछ भी मैटर हो तो आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं इस तरह से देख पा रहे हैं आप यहाँ से हम कोई भी फाइल चाहे तो हम ले सकते हैं जैसे मैं अपनी एक यहाँ से भेज दे रहा हूँ यहाँ पर मैं ओपन करूँगा तो अटैच हो जाएगी पिक्चर यहाँ पर देख रहे हैं ये अटैच होकर के आ गई ये फ़ाइल अब हम इसको चाहे तो सेंड कर दें तो आपने देखा यहाँ पर हमने क्या किया है ईमेल आईडी आई डाल दिया है जिसके पास हमें मेल करना है और यहाँ पर हमने सब्जेक्ट डाला है यहाँ पर हम कुछ मैटर डाल दिए हैं और यहाँ हमने एक फ़ाइल को अटैच कर लिया अब यहाँ से हम सेंड करेंगे तो मेल सेंट हो जाएगा यहाँ आप देख पा रहे हैं सेंडिंग लिख के आ रहा है मैसेज सेंट मैसेज आपका भेजा जा चुका है और जब मैसेज भेज दिया जाता है और मैसेज जा चुका होता है तो सेंट बॉक्स में वो मैसेज शो करने लगता है मींस जब आपका मैसेज सेंट बॉक्स में आ जाए तो समझ लीजिए कि आपका मेल भेजा जा चुका है तो इस तरह से हम मेल को भेजते हैं और अभी जो मैंने मेल सेंड किया है उस ई को हम ओपन करके आपको दिखाते हैं कैसे हम आई हुई मेल को चेक करते हैं हम यहां से क्या करते हैं इससे हम बाहर आ जाते हैं आप देख पा रहे हैं जो फोटो मैंने सेट किया था वो यहां आ चुका है तो हम यहां से साइन आउट करते हैं तो हम यहां से साइन इन पर आ जाते हैं आप देख पा रहे हैं जीमेल की मेन विंडो पर हम आ गए हैं यहां से हम साइन इन करते हैं यूज अनदर अदर अकाउंट लिखा हुआ है तो अपना कोई भी अकाउंट हम यहाँ डालते हैं हमने जहाँ मेल किया हुआ है उसको हम यहाँ से ओपन करते हैं हमने यहाँ मेल आई डाला हम नेक्स्ट करते हैं फिर हम यहां पर पासवर्ड प्रोवाइड करते हैं पासवर्ड दे दिया नेक्स्ट करेंगे और हमारी मेल आईडी डी ओपन होकर के आ जाएगी देखिए ये आ रहा है कि आप जो आपका मोबाइल नंबर लगा होगा आपके सिस्टम में उसके वेरिफिकेशन के लिए पूछ रहा है तो उसमें आपका एक मैसेज आया होगा उसको आपको यस इट्स मी करेंगे तो इसको मालूम हो जाएगा कि आप ही हो और आप ही लॉग कर रहे हैं तो जस्ट आपका ये ओपन होकर के आपके सामने आ जाएगा इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि आपका मेल आईडी लॉगिन हो रहा है इस तरीके से हमें एक नई आईडी को ओपन कर सकते हैं या अपनी पहले सी बनी हुई जो हमने हमारे पास मेल आईडी है उसको हम ओपन कर सकते हैं देख पा रहे हैं आप यहाँ देखिए मैसेज आ गया जो मैंने मेल अभी किया है हाई मैसेज है ये अटैचमेंट इसमें है इस पर हम क्लिक करेंगे मेल अगर हमें ओपन करना है तो हम यहाँ ना क्लिक करके हम यहीं पर क्लिक कर देते हैं तो मेल हमारा आया हुआ मेल हम ओपन कर ले जाते हैं अगर हमें इस फोटो को अपने सिस्टम में लेना है तो हम उसको डाउनलोड करते हैं अपलोड हम करते हैं जब हमारे कंप्यूटर में सेव डाटा हम नेट पर भेजना चाहते हैं किसी को हम शेयर करना चाहते हैं तो हम उसको अपलोड करते हैं और आए कोई भी डॉक्यूमेंट है या कोई भी पिक्चर है या कोई भी फाइल है उसको हम अपने सिस्टम में लेना चाहते हैं तो हम डाउनलोड करते हैं तो हमारे पास वो प्राप्त हो, हो जाता है तो इस तरह से आप देख पाए कि अगर आई हुई मेल है तो उसको हम कैसे चेक करते हैं तो वीडियो में आपने देखा कि हम कैसे एक जीमेल पर अपनी ईमेल आईडी कैसे क्रिएट करते हैं और ईमेल आईडी क्रिएट करने के बाद उसको हम साइन इन कैसे करते हैं मेल हम किसी के पास एक मेल कैसे भेजते हैं और आई हुई मेल को हम कैसे चेक करते हैं एक मेल से दूसरे ईमेल में जाना है तो हम कैसे साइन आउट और साइन इन करके जाते हैं तथा ईमेल पर आपकी जो विंडो में जो भी फोल्डर्स हैं जिसमें अपने ई को कम्प्लीटली व्यवस्थित करते हैं उसको भी आपने कंप्लीटली जाना तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और सारा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया हो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए थैंक यू जय हिंद